या हम कहें हम इसको में ला सकते हैं हम ये परिस्थिति रूप से एक स्थायी मॉडल है जो एक्वाकल्चर के साथ साथ हाइड्रोफोनिक्स को भी जोड़ता है इस एक्निक्स में एक इकोसिस्टम में हम मछलियों के साथ साथ क्या करते हैं प्लांट्स को भी ग्रो कराते हैं जिससे क्या होता है जो मछ हम नीचे टैंक में मछलियों को पालेंगे और ऊपर हम वेजिटेबल्स को ग्रोथ कराएंगे और उससे जो मछलियों का मल निकलेगा यानी कि मछलियों से लगभग सेवेंटी टू सिक्सटी परसेंट जो निकलेगा उसको हम जैविक खाद या हम फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करके प्लांट्स को मिनरल्स हम पहुंचाएंगे जैसा कि इस टैंक में आपको दिख रहा है और ये टैंक में कई सारे ब्रांचेज होती हैं जिसको हम पहले उसके वेस्टेज मटेरियल को एक अलग करेंगे फिर हम उसके जो अमोनिया है जो विषाक्त पदार्थ होता है मछली के द्वारा जो उत्सर्जित किया जाता है उसको अलग करेंगे फिर नाइट्रोजन फैंक उसमें नाइट्रोजन फैंक बैक्टीरिया मिलाएंगे जो क्या करेंगे उसके जो मल को तोड़ेंगे और फिर उस मल मल को तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे एक नए टैंक में मिनरल्स के फॉर्म में उसके वेस्टेज मटेरियल को हम इकट्ठा करते जाएँगे और फिर उस मिनरल्स को हम मोटर के थ्रू आ, क्या करेंगे इन सारे पाइपलाइनों में हम पानी को सर्कुलेट करेंगे जिससे क्या होगा कि जो प्लांट्स होंगे वो प्लांट्स क्या करेंगे उस मिनरल्स को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे हम बात करें जैसे कि हम नॉर्मली किसी पौधे को एक ज़मीन में या सॉयल में मिट्टी में लगाते हैं तो क्या वो सॉइल मिट्टी को खाते हैं वो सॉइल मिट्टी को वो प्लांट्स मिट्टी को नहीं खाते जबकि उसके मिनरल्स या पानी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो हमने क्या किया है इसको डायरेक्ट मिनरल्स और पानी दे दिया है और वो इसमें क्या होगा बिदा आ, वो प्लांट इस मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे ठीक है और जिससे क्या होगा जो सॉयल की अपेक्षा जो इसकी ग्रोथिंग रेट है वो लगभग 40 प्रतिशत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हम मिनरल्स को डायरेक्ट दे रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसमें कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे जैसा कि आप नॉर्मली सॉयल में यूज करते हो क्यों जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स कीड़े लगने का डर होता है तो उसमें आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हो जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है और साथ में जो हम वेजिटेबल्स को खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हार्मफुल होता है तो यहाँ पे हम इससे बचत बचाव करेंगे और डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं नॉर्मली रूप से ऑर्गेनिक यानी कि जो फसलें हमें ऑर्गेनिक मिलेंगी और ऑर्गेनिक फसल जो होती है वो नॉर्मल वेजिटेबल्स से दो से तीन गुना रेट में ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल होती है यानी आप उसको बेच सकते हो हालांकि इसकी खामियाँ भी हैं इसकी खामियाँ ये हैं कि आपको इसको 24 घंटे बिजली देनी पड़ेगी और आप इसको थोड़ा सा इसको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है अगर आप इसको सिक्योरिटी नहीं देते हो तो मान लो कोई गलतियाँ हो सकती हैं और गलतियों की वजह से आप होगा पूरा का पूरा आपका जो ये अपने इको बनाया है या अपने जो कल्चर किया है ये बर्बाद हो सकता है और भविष्य में देखें तो इसकी कई सारे चीज़ें आपको उपलब्धियों के तौर पे देख सकते हैं जैसे कि हम बात करें आज जो सॉइल का प्रदूषण वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है आप देखे होंगे कि जो हम 1900 में एक संतरा खाते थे आज हम आठ संतरे खा रहे हैं यानी कि 2023 या 22 की बात करें आठ संतरे खा रहे हैं तो उसके बराबर एनर्जी मिल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी हुई है हालांकि हमें सॉयल्स को भी सेव सॉयल मुहिम भी चलानी चाहिए सेव सॉइल की भी बचत करनी चाहिए क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान प्रधान देश है जहां पे ज़्यादातर किसान जो होते हैं वो आ, फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं तो हम दोनों कल्चर को एक एक साथ लेकर चलें और इससे हमिफिस बेनिफिट कमा सकते हैं